Of mine. Right. नहीं है संभाला है कितना सम्भलता नहीं है बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे बता मुझको छोड़ा है किसके सहारे मुझको छोड़ा है किसी के तो आजा कहा जा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे तू तो आ जा है मेरे श्याम प्यारे आज द्रौपदी को पता चल गया ए? कि दुनिया पर किया भरोसा टूट सकता है पर दुनिया बनाने वाले पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूट सकता आज, आज द्रौपदी मानो ये कह रही है कि मुझे गरज नहीं है दुनिया किसी के साथ रहे प्यारे मुझे गरज नहीं है दुनिया किसी के साथ रहे प्यारे मुझे तो बस अब यही चिंता है तो मेरे साथ रहे मैं तेरे साथ रहूँ प्यारे जा हटा दे ये परेगा रहता बिहारी हटा दे ये परेदा बिहारी तब तक सहूँ मे दिल बेकरब तक सहू में दिल बेकरारी तब तक सहू में पे करारी कब तक, तक, तक, तक सों जा कहाँ है चा कहा प्यारे को है। है? एक, बार एक बार मैंने वास्तुदेव भगवान श्री कृष्ण के जो है उंगली उन्गली में उन्गली चोट लग गया था।, था तो मैंने अपनी साड़ी को छाड़ करके उनकी उस उंगली पर पट्टा लेकिन भगवान तो कृतग्नि नहीं है हम कृतग्नि हैं हम हमारी मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण कर देती हैं हम भूल जाते हैं जरूरी हमारे ऊपर आपत्ति या अभिपत्ति आती है ना तो सबसे पहले दोस्तों को लेते हैं मां भगवती उसे क्या अपराध हो गया हमें भगवान का हमेशा कृतज्ञता दिलाना चाहिए साधुवाद चाहिए धन्यवाद माना चाहिए और मंधुर आज दुनिया को रही थी। लेकिन कहते हैं ना कौन कहता है भगवान का दीदार नहीं होता कहता तो है भगवान का दीदार नहीं, नहीं होता आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता आदमी खुद तो ही तलबदार नहीं, नहीं, नहीं होता अरे एक बार मेरे प्रेम से मेरे गिरधर को पुकारो कर सही, देखना कैसे वो साकार नहीं होता अरे प्रहलाद ने सिर्फ यही तो कहा था कि मेरा श्याम इस खं में भी है, यही तो कहा था अपने पिता से उसके भिका ने कहा पता तेरा भगवान कहाँ है तो प्रहलाद ने कहा मेरे उस जगतपति को देखना चाहते हो हाँ मैं तेरे जगतपति को देखना चाहता हूँ जिसके ऊपर तुझे इतना भगवान है तो बार बार उसका स्मरण कर रहा है पता तेरा भगवान कहाँ है तो कहता है पिताजी आप जहाँ कह दोगे वही मेरा श्याम है तो उसके पिता ने कहा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है तो प्रहलाद ने कहा तेरा श्याम इस खंबे में भी है तुरंत मेरे श्याम नशित भगवान वो ध्यान करके उस खंबे में प्रकट हो गए यही तो भयान भगवान के दयालुता है यही तो भगवान की ऐसे कहे कहें कि भगवान का साकार नहीं होता आज दो महाराज कह रहे हैं भगवान तो फुका रहे हैं क्या याद में मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा चरा मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा चला मैं कांटों को दिलते लिए चल रहा चला तपकते हैं आंसू तपकते हैं आंसू ये आंसू पकते हैं आसो से आसू हमारे कपकते हैं आसो से आसू हमारे कपकते हैं आसो से आसू हमारे प्यार तू मेरे श्याम प्यार